हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग आज हम लोग तीन ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 15 अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस से लेकर पंद्रह अगस्त दो हज़ार बाईस इस एक साल में सौ परसेंट से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं ये मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो सौ परसेंट का रिटर्न दे बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं कि उनमें बस यूज़ ही आपको 100 परसेंट का रिटर्न बना के दे दें मतलब कि वो आपके लिए मल्टीपेर बन जाए लेकिन अगर हम मिड कैप एंड लार्ज कैप की बात करें तो मिड कैप लार्ज कैप के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कंपनी कंपनीज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है और फिर वहाँ से डबल होना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन आज इस वीडियो में हम ऐसे ही दो ऐसे ही तीन शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में एक से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है इस वीडियो में हमने ये भी ख्याल रखा है कि जो भी कंपनी हम लोग तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो आ, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जो भी हम कंपनी डिस्कस करेंगे वो अभी हमारे बाइंग लेवल पे नहीं है तो आप प्लीज़ इसमें पोजीशन बनाने का मत सोचिएगा आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं लेकिन उस समय जब ये एक अच्छे लेवल पर आ जाए अभी वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं तो आप थोड़ा करेक्शन का वेट कीजिए और अगर थोड़ा करेक्शन आता है वो हमारे बाइंग लेवल पे आता है शेयर प्राइस उसके बाद ही आप उसमें जाके पोजीशन बनाएँ तो ज़्यादा टाइम ना ले देवे नमस्ते मैं ट्विंकल आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं तो हमारा पहला जो शेयर है वो है अदानी पावर जैसा कि हम जानते हैं कि अदानी पावर एक अदानी ग्रुप का कंपनी है और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्रोड्यूसर है ये बहुत लोगों को ये बात पता नहीं थी हाँ कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट थर्मो पावर का प्रोड्यूसर है और नेक्स्ट अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यूज़ पावर सप्लाई से 98 परसेंट का आता है और वहीं पे ट्रेडिंग गुड्स और कुछ अलग अलग कामों से मात्र दो परसेंट का आता है तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो पावर सप्लाई के ऊपर है जिससे कंपनी का नाइन्टी एट रेवेन्यू जनरेट होता है अब अगर हम कंपनी के मार्केट पोजीशन के बारे में बात करें तो कंपनी का फाइव परसेंट ऑफ द थर्मल पावर पावर पाँच परसेंट का जो टोटल पावर जनरेशन है वो थर्मल पावर से आता है वहीं पर पंद्रह परसेंट जो आता है वो प्राइवेट सेक्टर थर्मल प्लांट से आता है तो ये जो डाटाज दा, मैंने शेयर किया है वो थर्टी मार्च दो तक का ही डाटा है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट पोजिशन में अदानी पावर अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है नेक्स्ट हम अगर बात करें कंपनी के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ एंड कुछ डाटास की तो कंपनी का मार्केट कैप एक हजार एक, एक लाख तैंतीस हज़ार करोड़ का है वहीं पर अभी कंपनी का आर ओ सी ई जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड होता है वो बीस परसेंट का है आर ओ ही तीन सौ सत्तर परसेंट का है मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो इक्विटी एक साल में कंपनी तीन सौ से भी ज़्यादा बढ़ी है लेकिन एक जो बात आ, मुझे इस कंपनी की खटक रही है कि कंपनी का जो स्टेक है जो परसेंटेज प्रमोटर्स का है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो आ, स्टेक है वो प्लेज है तो ये बात थोड़ा खटक रहा है लेकिन प्रमोटर्स के पास सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द होल्डिंग है कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा है कंपनी का डेट टू तो इक्विटी रेशियो ट्वेल्व का है जो कि काफ़ी ज़्यादा है भले ही कंपनी आपको एक साल में मल्टीप्लेगर बन गई हो लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का प्लेज है प्रमोटर्स तो के पास होल्डिंग्स प्लेज है डेट काफ़ी ज़्यादा है तो इन सब चीज़ के लिए अभी हमें वेट करना चाहिए अभी ये टाइम नहीं है कि हम कंपनी में अपना पोजीशन बनाए ये जो चार्ट है ये पिछले एक साल का हमने चार्ट लगा के रखा है ये सोलह अगस्त का है सोलह अगस्त को आप देख सकते हैं कि अस्सी रुपये पर ट्रेड हो रहा था आज आ, मतलब कि शायद सोलह तारीख को सोलह अगस्त से सोलह सोलह अगस्त से सोलह अगस्त 2022 हज़ार बाईस तक का चार्ट लिया है तो उस दिन ये 200 सौ तीन सौ पैंतालीस ट्रेड हो रहा था लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज कंपनी का शेयर प्राइस 380 पे ट्रेड हो रहा है तो ये थोड़ा तो जानने की बात है कि देखिए 80 रुपए से 350 रुपए तक शेयर प्राइस पहुँच जा रहा है तो इतना ज़्यादा रिटर्न एक साल में बना के देना ये सब लिए पॉसिबल नहीं होता है अब इसमें इंसाइडर्स का हाथ है या फिर प्रोमोटर्स का हाथ है ये इस सब चीज़ों से हम दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है हमें अपना बाइंग लेवल देखना है अपना एंट्री लेवल देखना है अपना एग्जिट लेवल देखना है तो अगर हम एंट्री लेवल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कंपनी का शेयर प्राइस 380 रुपए अस्सी रुपये पर ट्रेड हो रहा है ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है आप यहाँ पे एंट्री ना कीजिए एंट्री अगर आप करना चाहते तो आप तीन करीब आने का वेट कीजिए अगर वो तीन करीब के आसपास शेयर आता है तो फिर आप इसमें एंट्री बनाइए 300 के आसपास अगर आप इंट्रव्यू बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 240 के करीब का होगा ये जो हमारा लेटेस्ट लोअर एंड लो है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा तो ऐसा क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी कम रहेगा हम जब भी किसी कंपनी में अपना पोजीशन बनाते हैं दो चीज़ हमें देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है पहला कि आपका स्टॉप लॉस कितना है और दूसरा कि पोजिशन साइजिंग कितना है ऐसा नहीं कि सारा पास आप एक ही स्टॉक में लगा दिए आपको ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना है तो अपने पोर्टफोलियो का तीन से चार परसेंट आप एक स्टॉक में डालिए जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पहले तीन परसेंट डालिए फिर पाँच परसेंट उसको बढ़ाइए फिर छः परसेंट बढ़ाइए तो ऐसे कर करके आप इसमें अपने स्टॉक में लॉन्ग टर्म के स्टॉक में आप एलिकेशन बढ़ा सकते हैं तो ये हमारा एंट्री लेवल एग्जिट लेवल स्टॉप लॉस सारा कुछ डिसाइड हो गया कि हम तीन का वेट करेंगे और दो के करीब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लेकिन अगर यहाँ पर स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आता है करेक्ट नहीं होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं ऑलरेडी जो हमारे बाइंग लेवल पे आएंगे और उसमें हम अपना पोजीशन बना सकते हैं जो पहले भाग गया है उसके अंदर ही घुसना कोई ज़रूरी नहीं है इसको फोमो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें लगता है कि अभी अगर नहीं लिए तो फिर नहीं ले पाएंगे बहुत आगे निकल जाएगा लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है आप देखिए यहाँ पर भी वो तीन सौ के करीब गया था लेकिन फिर से वो तीन से 250 पे आया तो वही है अभी ये फिर से अगर 400 तक जाता है 400 से फिर से वह ये 350 में आएगा उसमें आप ले सकते हैं तो आप उसमें पोजीशन बनाइए ना कि जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है उसमें डर से आप घुस जाइए कि अरे ये भाग जाएगा ये हमारा पहला स्टॉक था दूसरा जो हम बात करने वाले वो टाटा एलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं ये हम जानते हैं कि ये एक आई कंपनी है और काफ़ी अच्छा वेल मेनटेन कंपनी है वर्ल्ड का वन ऑफ़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में और अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज के बात करें तो एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन से एटी एट परसेंट का रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन से नाइन परसेंट का रेवेन्यू आता है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट से दो परसेंट का मात्र रेवेन्यू आता है और बाकी का जो एक परसेंट है वो ये हुआ कंपनी का, का रेवेन्यू बेस्ड यहीं पे अगर हम जोग्राफिकल बेस देखें तो क्या आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं है तो अगर हम जोग्राफिकल बेस देखें तो यूरोप से 36.5 परसेंट का रेवेन्यू आता है अमेरिका से थर्टी सिक्स का परसेंट का रेवेन्यू आता है वहीं पे इंडिया से मात्र ते 13 परसेंट का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चौदह का रेवेन्यू कंपनी के पास आता है ये ये हमने बात किया जोग्राफिकल रेवेन्यू के बारे में वहीं पे अगर हम कंपनी की कुछ मार्केट कैप्स और कुछ रेशियोज़ के बारे में बात करें तो मार्केट कैप सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री थाउजेंड करोड़ का है स्टॉक का पी एक सौ तीन का है अगर हम नेक्स्ट uh, स्लाइड uh, में हम कंपनी की चार्ट के ऊपर चलेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं कि पिछले दो से तीन साल में कंपनी छः गुना सात गुना हो गई है तो जिस कारण से कंपनी का पी अभी हमें हाई दिख रहा है कंपनी ओवर वैल्यू दिख रही है कंपनी के आर के बारे में बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय तो 47 परसेंट का आर है और कंपनी का आर मतलब का रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी तो 37 परसेंट का है कंपनी के पास जो एक और अच्छी बात है कि कंपनी में डेट नहीं है जो कोई 0.9 परसेंट का डेट है क्योंकि ऑलमोस्ट नेगलिजिबल है सेकेंड जो अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स uh, तो के पास फोर्टी का स्टेक है जो कि फ्लैच बिल्कुल भी नहीं है तो ये कुछ चीज़ें इस कंपनी के बारे में अच्छी है लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा कंपनी ये बढ़ चुकी है तो हमें वेट करना है करेक्ट लेवल्स पे आने का वेट करना है और फिर उसके बाद जाके हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है कि नहीं बनाना है जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि हम पंद्रह अगस्त दो से ले कर अगस्त दो तक का बात करें तो सोलह अगस्त दो वो कंपनी फोर्टी थ्री ट्रेड हो रही थी और आज के दिन ये 10000 को क्रॉस कर चुके हैं तो इसमें भी हमें टू एक्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है फिर से इसमें मैं यही कहूंगी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है 7000 से लेके 10000 बस एक दो महीने में ही हुआ है तो इस कारण से आप अभी वेट कीजिए अगर हम कंपनी के एंट्री लेवल्स की बात करें तो ये मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा अगर आप देख रहे हैं तो ये ट्वेंटी ई है आप देखिए हर बार ये ट्वेंटी ई का सपोर्ट लिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो सात बार ये सपोर्ट लिया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है वे हमें देखने को मिला लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है और हर बार यहाँ से स्टॉक प्राइस रिवर्स होता है तो आप फर्दर फ्यूचर में भी इसी सपोर्ट लाइन का आप हेल्प ले सकते हैं फिर जब आपको स्टॉक प्राइस सपोर्ट लाइन पर मिले वहाँ पर आप एंट्री बनाइए और फिर वहाँ से अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस अपना मेनटेन कर सकते हैं अगर इस चार्ट पे मैं आपको बोलूँ तो 8,300 के करीब इसका एंट्री बनता है और वहीं पे साढ़े सात के करीब इसका स्टॉप लॉस बनता है वहाँ पर सात से 800 परसेंट का आपका पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस इस बनता है आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर प्राइस इसी इसी, इसी प्राइस पर ट्रेड हो रहा हो इसलिए आप ये ट्वेंटी ई का जो सपोर्ट है उस पर ध्यान दें फिर आपको जब भी कंपनी का शेयर प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर मिले आप वहाँ पर आराम से बाई कर सकते हैं हमने दो कंपनी का बात कर लिया है नेक्स्ट जो हमारा कंपनी है वो है फाइन ऑर्गेनिक ये केमिकल बेस्ड कंपनी है और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है और ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली सिक्स नंबर पे ये आता है यूजेज में अगर बात करें तो मेकअप्स में फूड्स में प्लास्टिक कोटिंग बहुत सारे ड्रिंक्स में हम इसका यूज़ करते हैं मतलब कि फाइन ऑर्गेनिक आता है अब हम जैसा कि हमने पहले बोला कि हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं वो ड्रिंक्स में करते हैं मेकअप्स uh, में करते हैं डाई में करते हैं और खाने के बिस्किट्स में करते हैं अगर देखिए तो इसके एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं जानते कोको कोला हमने सबने पिया है ब्रिटानिया का बिस्किट हमने सब हम सबने खाया है एशियन पेंट सबके घर में लगता ही लगता है पाले के बिस्किट स्पीड मतलब फेबिकॉल हम सब यूज़ किया है बर्जर पेंट एक्स्ट्रा एक्सेट्रा तो ये सब उसके क्लाइंट्स हैं जो कि सारे नोन क्लाइंट्स हैं और जो बेस्ट थिंग है ना इस कंपनी का कि जो हर क्लाइंट से किसी भी क्लाइंट से आपका पाँच परसेंट से ज़्यादा का रेवेन्यू नहीं आता है तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनी का जो पूरा कंसंट्रेशन रहता है वो एक दो क्लाइंट के ऊपर ही रहता है लेकिन फाइन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है किसी भी कंपनी से पाँच परसेंट से ज़्यादा का रेवेन्यू नहीं आता है तो ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई कंपनी छोड़ती जाती है या कोई कंपनी अपने क्लाइंट्स बेस से हट जाती है तो फिर आ, कंपनी uh, मतलब कि फाइन ऑर्गनिक को ज़्यादा लॉस नहीं होगा बस पाँच परसेंट के रेवेन्यू का इधर उधर होगा जो कि कंपनी मैनेज कर सकती है थर्ड अगर हम बात करें तो चार सौ से ज़्यादा का प्रोडक्ट है जिसमें कि यूज़ uh, होने के लिए फूड हो गया पॉलीमर्स हो गया कॉस्मेटिक uh, हो गया रबर्स हो गया प्लास्टिक्स हो गया पेंट्स हो गया एकट्रा ये सब इसमें यूज़ होता है नेक्स्ट जो हमने पहले बोला था कि इसमें एक जो है हमारा वो मिड कैप कंपनी तो फाइन ऑर्गनिक्स वो मिड कैप कंपनी है जिसका 19000 करोड़ का मार्केट कैप है और प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है कंपनी का आरओसी 38 परसेंट का है आरओई 30 परसेंट का है जो कि दोनों अच्छा है प्लेज नहीं है वो भी अच्छा है डेट टू इक्विटी रेशियो जो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट का है वो भी अच्छा और प्रमोटर्स के पास 25 फाइव परसेंट वाला होल्डिंग है ये बात शायद आपको पता नहीं होगा कि एक कंपनी जो लिस्ट होती है उसके तीन से चार साल तक ही जो उनमें एक रेस्ट्रिक्शन रहता है लेकिन उसके बाद है कि प्रोमोटर्स के पास सेवेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए इसीलिए हमने जो पहले बात किया था अदानी पावर का उसमें भी आप सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द स्टेक ही देखे थे प्रोमोटर्स के पास और इसमें भी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द स्टेक ही है प्रोमोटर्स के पास क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है कि किसी भी प्रोमोटर के पास सेवेंटी से ज़्यादा स्टेक रहे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनी का डेट नहीं है मैंने बता दिया फ्लैच नहीं है बहुत अच्छी बात है प्रमोटर्स के पास भी ज़्यादा स्टेक है अच्छी बात है कंपनी का आ, पी स्टॉक का पी अभी 49.6 पे पॉइंट चल रहा है मगर 50 के अराउंड चल रहा है और वहीं पे अगर इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 25 पे चल रहा है तो डबल तो बोल सकते हैं ऑब्वियसली डबल है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है बट स्टिल इसमें हम जब भी इंटर करेंगे तो अपना एंट्री लेवल अपना स्टॉप लॉस देख के एंट्री करेंगे ऐसे हम नहीं घुस जाएंगे किसी भी कंपनी में ये हमने ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये ऑब्वियसली 17 अगस्त से लेके 17 अगस्त 2022 तक का है तो एक साल पहले ये अट्ठाईस सौ ट्रेड हो रहा था और इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 7000 का तो इसमें भी हमें वन एक्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था 2000 से लगभग आप 3000 हज़ार बोल सकते हैं 3000 से 7000 तक कंपनी पहुँच गई थी अब अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपना हाई तो बनाया था सिक्सटी का लेकिन एक गैप डाउन गैप अप होने के बाद कंपनी थोड़ा रिटेस्ट हो रही है और अभी 6200 पे हमें इसका स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो ये गैप आपको दिख रहा है ये uh, 20 परसेंट का ये ओपनिंग था मतलब कि uh, 14 परसेंट में मार्केट ऊपर उठा था और फिर 20 परसेंट का यूसी सी टच किया था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और नीचे आया तो ये जो गैपअप uh, हमें देखने को मिला था वो कंपनी के गुड रिजल्ट के कारण था कंपनी का रिजल्ट आया था जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया था जिस कारण से हमें ये इंक्रीमेंट देखने को मिला इस शेयर प्राइस में तो इसमें भी ऑलरेडी हमने बात कर चुका है कि ऐसे नहीं घुस जाना है हमें प्रॉपर एंट्री लेवल और एग्जिट का वेट करना है तो यहाँ पे भी आप देखिए कि काफ़ी बार कंपनी ने ये ट्वेंटी ई का सपोर्ट लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात बार के करीब कंपनी ने अपना सपोर्ट लिया है तो नेक्स्ट हम लोग इसी लाइन का वेट करेंगे कि जब कंपनी का शेयर प्राइस ये 20 ईएमए को टच करता है तब हम जाके इसमें पोजीशन बनाएंगे। अभी सिक्सटी टू हंड्रेड ट्रेड कर रहा है हम वेट करेंगे 4800 या 5000 के आसपास का अगर 5000 के करीब हमें ये शेयर मिलता है तो हम इसमें अपना पोजीशन बनाएंगे। वरना कोई बात नहीं कंपनी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं किसी के भी पीछे हमें डर के भागना नहीं है और उसको लपकना नहीं है तो बस आज के लिए ये हमारा तीन शेयर था जो कि हमने डिस्कस किया हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है अगर ये आपके लिए कुछ नॉलेज आपको ऐड किया होगा तो आ, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें डेली कॉल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर